सिरा धारानी बनते, बनते हैं सब का छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम छोड़ के सारी दुनियादारी सुन लो मेरी सुन लो मेरी करुणा